तो अभी बज बजरे रात के तीन और हम सब जा रहे है नैनीताल मैं वामिका मनी सनी और बनी और आद्यांग टू दिल्ली टू नैनीताल मम्मी दा मार्शल हाय। ये है मोगा पंजाबी ढाबा अब तो इस रूट पे काफी सारे मोगा हो गए हैं। ताना अनन्य में जरूर बैठना लास्ट टाइम पे बड़े अच्छे-अच्छे फ्लावर्स लगे थे, अभी दिख नहीं रहे, तो हो रहे हैं। इसे देखो। ये है। ये भाई है जिसको बदमाशी चल रही है अभी दे फ्रेंड्स यहाँ से ना नैली लेख का भी इतना सुंदर है ना मतलब कैमरा तो कुछ दिखेगा ही नहीं तो रियल आइज से दिखता है मैं दिखाई देखने कितना प्यारा लग रहा है मतलब ऐसे हम होटल में रखते तो वहाँ तो तो तो से भी काफ़ी अच्छा आता है बट रिवॉलो में थोड़ी सी डिफरेंट है बहुत सुंदर है main chalti hu uss wasi gas pe main chalne ki sadat mat chalo ki chaar kuch rakhi to main chalne se kam chok mein rukne ke liye ab hum ja rahe hain ketchiam राम मंदिर में <laughs> और <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hans> <hans> want help me